गाइस फ्री फायर में एक ऐसा भी कैरेक्टर है जिसका दो साल पहले ही नाम चेंज कर चुके हैं और उसको पुराने नाम से ही जानते हैं आप सोच रहे होंगे कि फ्री फायर में एक ऐसा कौसा कैरेक्टर है जो दो साल पहले ही नाम चेंज कर चुके हैं आपको हम बताएंगे इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें मैं बात कर रहा हूँ एडम